छतरपुर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया इस मौके पर पुलिस ने सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की पुलिस ने हेलमेट ना पहनने वालों को सख्त हिदायत दी छतरपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य किए जाने के बाद वाहन चेकिंग शुरू की गयी एसपी के निर्देश पर जिले के 25 पॉइंट पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया जिससे वाहन चालकों में हडकंप की स्थिति बनी रही जिले पर की पुलिस को इस अभियान में लगाया गया था इस चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन के चालक और सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया वहीं एसपी सचिन शर्मा ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने को कहा छतरपुर जिले में मीडिया और बाकी सभी माध्यमों से अपील है कि जितने भी लोग हैं अपनी सुरक्षा हेतु जब भी दो पहिया वाहन पर निकले हमेशा हेलमेट पहन के निकले हम यही चाहते हैं कि कानूनों का कानून जो नियम तय किए गए हैं उनका पालन हो अभी ही हाल फिलहाल में हाई कोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं कि 100% परसेंट हेलमेट वेरे हेलमेट पहनने को लेकर होना चाहिए इसी को लेके आज चेकिंग चलाई गई है और जो भविष्य में लगातार चलाई जाएगी जी ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और मेरा इसमें यही सबसे अनुरोध है कि लोग स्वतः अपने मन से हेलमेट लगाना चालू करें ना कि इस डर से कि उन पर कोई चलानी कार्रवाई होगी या कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी